एक वीआईपी की तरह कैसे बात करें आपको लोगों ने एक शब्द जरूर सुना होगा वीआईपी जब आप ये शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक विचार जरूर आता होगा कि शायद ये व्यक्ति बहुत ताकतवर पद पर बैठा होगा या फिर इस व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होगा वीआईपी का अर्थ होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी महत्वता बहुत अधिक है मगर महत्वता और केवल पैसों से आता है ऐसा तो किसी ने नहीं कहा हालांकि हम अक्सर ये देखते हैं कि जो व्यक्ति ऊंचे ओहदे पर बैठे होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके पास पैसे भी अच्छे खासे होते हैं इसीलिए हम सोचते हैं कि वीआईपी व्यक्ति कोई ऊंचे पद पर बैठा एक पैसे वाला इंसान होगा मगर असल में वी व्यक्ति कौन होता है ये हम आपको बताते हैं वी व्यक्ति कोई भी हो सकता है इन वीआईपी व्यक्तियों की एक खास बात होती है कि उनके बोलने का अंदाज़ कुछ ऐसा होता है कि सामने वाले को ये लगता है कि उनकी महत्वता बहुत अधिक है हमारी अगली तकनीक कुछ इसी प्रकार की होगी जैसे आप ये जान सकते हैं कि कैसे आप भी एक वीआईपी व्यक्ति की तरह नज़र आ सकते हैं एक वीआईपी की तरह नज़र आने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको करने से आपको बचना चाहिए इन चीज़ों में सबसे ऊपर आता है किसी से ये पूछना कि वो क्या करते हैं हम में से ज़्यादातर लोग जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा दूसरा या तीसरा सवाल उसके कार्य के बारे में होता है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब हमसे हमारी नौकरी के बारे में पूछता है तो हम अक्सर अपने जवाब को लेकर संकोच महसूस करते हैं क्योंकि हर किसी की नौकरी बड़े बैंकर की तरह नहीं होती इसी कारण हमें ये मान चलना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति इस सवाल से असहज हो सकता इसलिए हमें आप क्या करते हैं सवाल को सीधा सीधा पूछने से बचना चाहिए इससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं वो भी बिना इस बात की परवाह किए कि वो क्या करते हैं अब ये सवाल उठता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की नौकरी के बारे में कैसे जान सकते हैं सामने वाले व्यक्ति के काम के बारे में जानने के लिए आपको उनसे केवल यही पूछना है कि आप अपना अधिकतर समय कैसे बिताते हैं फिर वो व्यक्ति अपनी सहजता के आधार पर अपने काम के बारे में आपको बताएगा अब आप ये सोच रहे होंगे कि तब क्या कह रहे हैं जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो ध्यान रखें कि उस वक्त भी इसी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं देना है उस स्थिति में हमारी 25वीं तकनीक आपकी काम आएगी हमारी 25वीं तकनीक ये कहती है कि जब आपसे कोई ये पूछे कि आप क्या काम करते हैं तो आपका जवाब देने से पहले आप अपने आप से सवाल करें कि उस व्यक्ति को आप में क्या दिलचस्पी हो सकती है क्या वो आपके साथ व्यापार करना चाहता है क्या वो आपका दोस्त बनना चाहता है या क्या वो आपका बीएफ या जीएफ बनना चाहता है इस आधार पर आप अपना एक छोटा सा रिज्यूमे हमेशा अपने दिमाग में तैयार रखें और उसके आधार पर ही उन्हें जवाब दें अगर वो व्यक्ति बस एक साधारण सा व्यक्ति है जो मात्र आपसे जान पहचान करना चाहता है तो आप हमारी पहली बताई गई तकनीक का इस्तेमाल करके एक वीआईपी की तरह बनने के लिए एक चीज़ और जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो चीज़ है आपके अंदर की स्मार्टनेस लोग हमें अक्सर हम जितने स्मार्ट होते हैं उतना ही देख पाते हैं लेकिन एक तकनीक ऐसी भी है जिससे आप जितने स्मार्ट हैं उससे भी अधिक स्मार्ट आप लोगों को देख सकते हैं इस तकनीक के अनुसार आप अपनी बोल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को बदलिए ये एक सोची समझी बात है कि जिस व्यक्ति के पास शब्दों का संग्रह अधिक बड़ा होता है वो व्यक्ति अक्सर एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है इसी कारण आम तौर पर जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं उन्हें आप अलग शब्दों से बदलने की कोशिश कीजिए इससे थोड़े ही दिनों में आप इन शब्दों में महारत हासिल कर लेंगे और जब अगली बार आप ये शब्द इस्तेमाल करेंगे तब आप बेहतर स्मार्ट व्यक्ति के तौर पर उभर कर आएंगे तो इसी के साथ समरी यही समाप्त होती है मिलते हैं अगले सीरीज़ में तब तक के लिए धन्यवाद